तो मूवी की शुरुआत में हम केल नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि एक हाई स्कूल का स्टूडेंट था वो अपने डैड डेनियल के साथ फिशिंग करने आया हुआ था कुछ टाइम फिशिंग करने के बाद वो दोनों वापस अपने घर की ओर कार से जा रहे होते हैं तभी रास्ते में उसके डैड के फोन पर एक कॉल आता है जिससे केल का ध्यान ड्राइविंग ऐसी थोड़ा हट जाता है और उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है अब इस एक्सीडेंट में केल के डेड की डेथ हो जाती है यहाँ ऐसी कहानी शिफ्ट होकर एक साल आगे चली जाती है जहाँ हम केल को स्कूल में सोता हुआ देखते हैं, उसके टीचर केल को जगाने के लिए उस पर एक डस्टर फेंक कर मारते हैं और उसे बोलते हैं कि इधर मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ और तुम आराम से सो रहे हो और उसके टीचर ये भी बोलते हैं कि तुमने ही अपने डेड को मार डाला है अब इस बात से केल को बहुत गुस्सा आ चुका था और वो अपने टीचर को एक जोरदार पंच मारता है जिसके बाद उस पर टीचर आरोप हाथ उठाने का केस हो जाता है और इस बात के लिए उसे कोर्ट में ले जाया जाता है जहाँ पर केल की मोम के साथ उसके टीचर भी मौजूद थे कोर्ट में जज उसको तीन महीने की सजा सुनाते हैं जिसमें वो तीन महीने के लिए अपने ही घर में कैद रहेगा और उसका घर से बाहर निकलना बिल्कुल मना है जिसके बाद केल घर आता है और उसकी मोम उसके पैर पर एक ट्रैकर बांधती है जिससे कि उसकी मोम उसकी लोकेशन ट्रेक कर सके की वो उस टाइम आरोप कहा पर है उस ट्रेकर ऐसी केल का सौ मीटर तक का डिस्टेंस फिक्स किया जाता है अगर केल इस सौ मीटर ऐसी एक इंच भी आगे गया या फिर उसने इस को निकालने की कोशिश की तो अगले 10 सेकंड में पुलिस को इसकी खबर पहुंच जाएगी अब केल की मॉम कस्टडी में फीस भरने जाती हैं। वहीं केल उस रूम में अकेले एक पुलिस ऑफिसर के साथ था जो केल को कहता है कि उसका टीचर उस ऑफिसर का कजिन है इसके बाद केल अपने घर आकर अगले तीन महीने बिताना शुरू करता है अब केल के पास बहुत सारा फ्री टाइम था और वो मजे से टीवी देखता हुआ पीनट बटर को चॉकलेट सॉस में मिलाकर खाता है थोड़ी देर बाद उसकी मॉम रूम में आती है और उसका रूम पूरी तरह ऐसी सामान ऐसी तहस नहस फैला हुआ देख गुस्से में टीवी का केबल कनेक्शन कट कर देती है और उसको बोलती है आज ऐसी तुम वीडियो गेम नहीं खेलोगे वो केल को का रूम साफ करने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है अब केल कुछ घंटे अपना रूम साफ करने में अपने कपड़े धोने और बाकी कामों में लगा देता है और फिर रेड बुल पी कर, कर सो जाता है कुछ देर बाद वो ट्रक के तेज होर्न की आवाज़ सुनकर उठ जाता है खिड़की से बाहर झांकने पर वो देखता है कि उनके पड़ोस में एक न्यू फैमिली शिफ्ट हो रही थी और उस फैमिली में एक लड़की भी थी केल उस फैमिली को देख ही रहा था की तभी कोई दरवाजा खड़काने लगता है केल जैसे ही दरवाजा खोलता है तो दरवाजे के बाहर उसे एक पेपर में आग लगी हुई दिखती है आग बुझाने के लिए वो उस पर पैर मारता है लेकिन उसके अंदर से पोटी निकलती है जो कि पास के ही कुछ बच्चों ने उसे मजाक करने के लिए रखी थी वो उन बच्चों के पीछे भागता हुआ 100 मीटर से आगे चला जाता है तभी उसे याद आता है की उसे घर ऐसी दूर नहीं जाना है वो भागता हुआ वापस अपने घर जाता है लेकिन तब तक पुलिस उसके घर आ चुकी थी वो बस दो सेकेंड लेट हो गया था पुलिस उसे नीचे डेटा देती है और उसके हाथों पर हथकड़ी बांधने लगती हैं कि तभी केल को वो लड़की जिसका नाम ऐशले था वो दिखती है जो उसके पड़ोस में अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो रही थी इसके बाद केल घर में जाकर डिटेक्टिव पार्कर से कॉल पर बात करता है जो उसे वार्निंग देती है कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए केल डिटेक्टिव ऐसी प्रोमिस करता है की अब वो ऐसा नहीं करेगा जिसके बाद केल अपने घर से 100 मीटर की दूरी पर रस्सी बांधता है ताकि उसे पता रहे कि उसे इससे आगे नहीं जाना है तभी अचानक वो ऐश्ले को उसकी गाड़ी से जाता हुआ देखता है ऐश्ले उसे देख न ले ऐसा सोचते हुए वो झाड़ियों के नीचे झुककर अपने घर के अंदर जाने लगता है थोड़ी देर बाद ऐश्ले जब घर वापस आ जाती है तो केल खिड़की ऐसी एश्ले के घर में जागता है ये पता करने के लिए की वो क्या कर रही है केल को खिड़की ऐसी सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था कुछ दिनों बाद केल का बेस्ट फ्रेंड रोनी केल के घर आता है वो दोनों एक दूसरे से काफी समय बाद मिले थे इसलिए दोनों एक दूसरे को जोर से गले मिलते हैं केल खुशी खुशी उसको अपने रूम में ले जाता है और उसे बताता है कि वो पिछले कुछ दिनों से क्या कर रहा है केल रोनी को दूरबीन देता है और उसे ऐशले के घर में देखने को कहता है और उसे बताता है कि वो अपने पड़ोसियों की जासूसी करता है वही रोनी दूरबीन ऐसी देखता है की वहाँ उस घर का आदमी अपनी मेट के साथ इंटीमेट होता है वो भी तब जब उसकी वाइफ क्लब में जाते है। केल और उसके फ्रेंड को ये सब देखने में मजा आ रहा था इसके बाद वो लिविंग रूम में जाकर अपनी फेवरेट पर्सन एशले को देखने लगते हैं। नेक्स्ट डे केल घर के बाहर रखे लेटर बॉक्स से एक लेटर निकालने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसे वो लेटर निकल नहीं पा रहा था क्योंकि वो बॉक्स उससे सौ मीटर के डिस्टेंस ऐसी दूर था तभी खुशकिस्मती ऐसी वहाँ एशले गुजर रही थी एश्ले वो लेटर लेटर बॉक्स ऐसी निकाल केल को दे देती है इसके बाद वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद केल की मॉम केल को आवाज लगा कर घर में बुला लेती है अब फाइनली केल और ऐशले की छोटी सी मुलाकात हो गई थी शाम को केल की मॉम रोनी और केल तीनों साथ बैठकर न्यूज देख रहे होते हैं जहाँ हाल ही में हुई किडनैपिंग की न्यूज चल रही थी और इससे केल और रोनी बोर होकर वापस ऐसी एश्ले को देखने लगते हैं, जहाँ वो योगा कर रही थी तभी ऐश्ले केल और रोनी की तरफ देखती है ये दोनों डर कर नीचे झुक जाते हैं वहीं अंधेरा होने की वजह ऐसी ऐश्ले इन दोनों को देख नहीं पा रही थी और इसीलिए केल और रोनी वापस ऐसी को देखने लग जाते हैं उसी समय ऐशले के डेढ़ वहाँ आकर ऐश्ले को डांटने लगते है उनसे गुस्सा होकर ऐसले दरवाजा बंद करके सोने चली जाती हैं। तभी केल वहां अपने दूसरे पड़ोसी मिस्टर टर्नर को देर रात को अपने घरे कार में आते देखता है यहां पर केल नोटिस करता है कि ये सेम उसी कार जैसी कार है जैसी न्यूज चैनल ने किडनेपर की कार दिखाई थी जो कि मस्टेंग कार थी और उस कार के आगे बंपर आरोप एक डेंट भी था नेक्स्ट डे केल डिसाइड करता है कि वो इस चीज को लेकर इन्वेस्टिगेशन करेगा इसीलिए वो अपने पड़ोसी को छुपकर देखता है वो भी अपने सौ मीटर के दायरे में रहकर तभी उसे ऐसा लगता है कि मानो जैसे उसके पड़ोसी ने उसे देख लिया हो और वहाँ उसे आवाज आती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो लेकिन असल में वहाँ एक रेबिट था और ये सब उसका पड़ोसी उस रेबिड ऐसी बोल रहा था जिसे देख वो थोड़ा रिलैक्स फील करता है कुछ दिन बाद रोनी वापस ऐसी केल घर आता है वो आपस में हाल ही में हुई किडनेपिंग की बातें करते हैं केएल रोनी को बताता है कि उसे पूरा यकीन है कि उसका पड़ोसी एक किडनेपर है ये सब बातें छोड़कर केल वापस ऐसी एश्ले को देखने लगता है जो स्विमिंग कर रही थी केल ये देखकर रोनी को भी ऐश्ले को देखने के लिए कहता है तभी वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और डर जाते हैं कि कहीं ऐश्ले ने उन्हें देख न लिया हो केल हिम्मत करके वापस ऐसी एश्ले को देखने लगता है और तभी ऐश्ले उन्हें देख लेती है और चंद मिनटों बाद उन्हें डोरबिल की आवाज आती है वो दोनों दरवाजा खोलने घबराते हुए जाते हैं और जैसे वो दरवाजा तो वहाँ वो एश्ले को देखते हैं। जोन से कहती है कि तुम लोग वहाँ क्या देख रहे थे ऐशले केल के घर के अंदर आकर उसके रूम में जाती है और वहाँ वही दूरबीन देखती है एश्ले उनसे कहती है कि क्या तुम लोग मेरी जासूसी कर रहे हो केल हिचकिचाता हुआ कहता है नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है तभी रोनी बोलता है की हम लोग अपने पड़ोसी टर्नर को देख रहे थे केल ऐश्ले ऐसी कहता है की हम लोग उसकी लग्जरी कार देख रहे थे और जब एश्ले दूरबीन उठा देखती है ऐसी टर्नर की कार दिखती हैं, जिससे वो उन दोनों पर यकीन कर लेती हैं। इसके बाद अब एश्ले भी उनके साथ टर्नर पर नजर रखने के लिए रेडी हो गई थी उस रात से ही वो तीनों टर्नर पर नजर रखते हैं और उसके घर की तरफ एक कैमरा सेट कर देते हैं रोनी अपने अंकल के बैग में से बहुत सारे इक्विपमेंट निकालता है और कुछ घंटों की जासूसी के बाद आखिरकार उन्हें टर्नर दिखता है जैसे ही वो कार का दरवाजा खोलता है तो कार में से एक लड़की बाहर निकलती है टर्नर उस लड़की को लेकर अपने घर चला जाता है टर्नर के हाथ में एक शार्प चाकू दिखाई देता है जिसे देखकर वो तीनों डर जाते हैं टर्नर उस चाकू से उस लड़की की न्यू ड्रेस का प्राइस टेक काट देता है इतने में ऐशले के घर से कॉल आता है और वो अपने घर जाने लगती हैं। केल उसे बाहर छोड़ने जाता है और जाते जाते वो उसे किस करने लगता है लेकिन ऐशले उसे किस नहीं करने देती और अपने घर चली जाती है केल वापस अपने रूम में आकर टर्नर आरोप नजर रखना शुरू कर देता है वो जब अपना कैमरा जूम करता है तो देखता है कि वो लड़की वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी लेकिन टर्नर उसे वहाँ से जाने नहीं दे रहा था वॉइस इंसिडेंट को रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ पर गलती से उससे कैमरे के फ्लैश ऑन हो जाती है और वो डरकर नीचे छुप जाता है वो कैमरे ऐसी नीचे बैठ ही रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करता है लेकिन थोड़ा सोचने के बाद वो फिर ऐसी खड़ा होकर कैमरे को साइड में रख कर, दूरबीन से देखता है और वहा उसे टर्नर खड़ा हुआ दिखाई देता है जो उसे ही देख रहा था उसी वक्त उसके फोन पर रोनी का कॉल आता है और केल उसे सारी बातें बताता है जो भी उसने वहां पर देखा था अब जैसे ही वो फिर से बाहर की ओर देखने लगता है तो वहां उसे वो लड़की अपनी कार लेकर वापस जाती दिखती है नेक्स्ट मॉर्निंग जब केल अपने लिए किचन में ब्रेकफास्ट बना रहा था तो अचानक अपने घर में वो टर्नर को देखता है केल अपने हाथ में चाकू उठा उससे पूछता है की तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो लेकिन तभी वहाँ केल की मोम अपने हाथ में कुछ ग्रोसरी बैग लेकर आती है और केल को बताती है कि टर्नर नहीं उन्हें सुपरमार्केट से घर तक छोड़ा है तभी केल की मोम को याद आता है कि मिल्क तो कार में ही रह गया जिसे लेने वो किचन से बाहर चली जाती है अब केल और टर्नर अकेले ही किचन में थे टर्नर को देखकर केल थोड़ा डर गया था तभी टर्नर की नजर केल के पैर में बंधे उस ट्रेकर आरोप पड़ती है वो केल को पूछता है की ये क्या है जिसके जवाब में केल उसे बताता है की उसने अपने टीचर आरोप हाथ उठा दिया था और इसी वजह से उसे ये सजा मिली है टर्नर केल को कहता है कि वो उसके स्कूल के बहुत सारे टीचर्स को जानता है थोड़ी देर बाद उसकी मोम मिल लेकर वापस आती हैं और टर्नर केल की मोम को डिनर के लिए पूछता है उस रात ऐशले के घर में पार्टी भी थी जहाँ केल पैर में ट्रेकर लगे होने की वजह से नहीं जा सकता था और इस बात ऐसी वो काफी ज्यादा गुस्से में भी था लेकिन फिर वो अपने ही घर ऐसी एश्ले को देखने लगता है केल देखता है की एश्ले कुछ लड़कों के साथ गले मिल रही है yeah और वो लड़के भी उसके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं जिससे वो और भी ज्यादा गुस्से से भर जाता है और अपने घर की छत पर जाकर बहुत तेज म्यूजिक बजा कर पार्टी रुकवा देता है ऐश्ले उससे बात करने जाती है और उसका आईपैड उठाकर नीचे फेंकने लगती है तभी केल उसकी तारीफ करने लगता है जिससे वो रुक जाती है और आई को नहीं तोड़ती एश्ले उसकी बातें सुनकर काफी इम्प्रेस और खुश हो गयी थी अब ये दोनों यहाँ पर किस करने लगते है किस करते वक्त अचानक ऐसी एश्ले की नजर टर्नर के घर के विंडो पर पड़ती है जहां वो देखती है कि टर्नर की विंडो पर बहुत सारे खून के छींटे लगे हुए हैं। जैसे ही वे लोग बाहर की ओर देखते हैं, तो वो देखते हैं कि उनका पड़ोसी टर्नर एक बड़े से बैग को नीचे गैराज की ओर ले जा रहा होता है अगले दिन वो तीनों टर्नर की इन्वेस्टिगेशन करने लगते है केल के कहने आरोप रोनी टर्नर की कार का लोक तोड़ने की कोशिश करता है ताकि वो उसके गैराज का पासवर्ड पता कर सके वही एशले टर्नर का पीछा करती सुपरमार्केट में चली जाती हैं और अपने फोन में उसकी वीडियो बनाने लगती हैं। उधर रोनी टर्नर की कार का लोग तोड़ देता है तभी केल के पास एश्ले का कॉल आता है वो केल को बताती है कि टर्नर वापस घर की ओर आ रहा है एश्ले टर्नर से बचने के लिए वहाँ से भागने लगती है वहीं रोनी केल को कॉल करके पासवर्ड लिखवाता है वही टर्नर एश्ले की कार के आगे अचानक ऐसी आ जाता है और जबरदस्ती उसके कार में बैठ उसे बोलता है की बेहतर होगा तुम मुझसे दूर रहो अब रोनी और ऐशले सीधा केल के घर जाते हैं ऐश्ले उन्हें सारी बातें बताती है कि टर्नर ने उन सबसे कहा है कि वो उससे दूर रहे फरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा यहाँ पर वो तीनों बहुत डर गए थे इसीलिए वो अपने इस प्लान को यहीं खत्म करने की सोचते हैं। तभी एशले के घर से उसकी मोम का कॉल आता है जिससे वो अपने घर चली जाती हैं। रात को केल अचानक से सोचता है कि वो डर नहीं सकता और वो टर्नर की सच्चाई का पता करके ही रहेगा और फिर वो जैसे तैसे करके टर्नर के घर के ब्लू ढूंढने में कामयाब हो जाता है और उनको एनालाइज करना शुरू करता है केल एक पोर्टेबल कैमरा सिस्टम बना कर रिकॉर्डिंग को अपने टीवी में स्ट्रीम करता है रोनी को याद आता है कि उसका फोन टर्नर की कार में ही गिर गया है और यह सब वो कोल को बताता है केल रोनी से टर्नर के गैराज में कैमरा ले जाने के लिए कहता है रोनी काफी डरा हुआ था लेकिन फिर भी वो टर्नर के गैराज में कैमरा ले जाता है अचानक वहाँ उसे प्लास्टिक बैग में एक लाश पड़ी हुई मिलती है और रोनी को वहाँ उसका फोन भी मिल जाता है लेकिन केल उससे वो बैग भी साथ लाने को कहता है रोनी केल को बताता है कि वो बैग रूम के बिल्कुल कोने में है और वो बहुत भारी भी है जिसे वो अपने साथ नहीं ला सकता रोनी उसे बताता है कि इस बैग में से बहुत गंदी स्मेल भी आ रही है केल ये सब कैमरा की हेल्प से स्क्रीन पर देख पा रहा था तभी अचानक से गैरेज का डोर ऑटोमेटिक बंद हो जाता है और रोनी वही फंस जाता है अपने दोस्तों को बचाने के लिए केल बैट लेकर वो सौ मीटर का दायरा पार कर जाता है जिससे कुछ ही मिनटों में पुलिस वहाँ आ पुलिस से बचने के लिए केल उन्हें बताता है कि टर्नर के गैराज में एक लाश पड़ी है तभी वहां टर्नर भी आ जाता है यह सब सुनने के बाद टर्नर बोलता है कि केल सरासर झूठ बोल रहा है लेकिन फिर भी पुलिस उसका गैराज चेक करती है तो पुलिस को वहां पर एक डेड बॉडी मिलती है जो कि एक हिरण की थी और वो टर्नर की कार से टकरा कर मर गया था पुलिस केल को उसके घर वापस छोड़कर चली जाती हैं। घर पर केल की मोम उसे बहुत डांटती हैं। नेक्स्ट डे केल की मोम टर्नर के घर जाकर उसे माफी मांगती हैं और यह सब केल अपने रूम से देख रहा था उसी वक्त केल के फोन पर रोनी के मोबाइल ऐसी एक मैसेज आता है जिसमे लिखा था कि जल्दी से अपने टीवी में देखो अब जैसे ही केल टीवी की तरफ देखता है तो उसे रोनी बेहोश पड़ा दिखता है उसी टाइम उसे अलमारी से कुछ आवाज़ सुनाई देती है अलमारी खोलने पर रोनी उसे डरा देता है और बोलता है कि यह सिर्फ एक मजाक था केल रोनी के इस मजाक से बहुत गुस्सा हो गया था जिससे वो रोनी पर चिल्लाने लगता है रोनी उसे माफी मांगता है और रिलैक्स होने को बोलता है रोनी उसे बताता है कि वो टर्नर के गैराज से बड़ी मुश्किल से बाहर निकल कर आया है और केल को बताता है कि उसके घर में उसे कुछ भी नहीं मिला रोनी केल को वो कैमरा देता है ताकि वो देख सके कि वहाँ क्या क्या हुआ जब केल अकेला वीडियो देख रहा था तो वो नोटिस करता है कि टर्नर के गैराज में उसी एक लड़की की डेड बॉडी थी जो हाल ही में किडनैप हुई थी और इस बार केल को यकीन हो जाता है कि टर्नर ही किडनैपर है वहीं दूसरी साइड टर्नर केल की मोम को मारकर बेहोश कर देता है और केल के घर में चुपके से आकर पीछे ऐसी रोनी आरोप अटैक करता है इसके बाद वो केल के पीछे भागता है केल उससे बचने के लिए घर ऐसी भागने लगता है लेकिन टर्नर उसे 100 मीटर दूर जाने से रोकने लगता है लेकिन जैसे तैसे केल उससे बचकर 100 मीटर पार करने ही वाला होता है कि तभी टर्नर उसे बेहोश करके उसके मुंह पर टेप लगा देता है और उसे उसी घर में कैद कर लेता है टर्नर वहां उसे अपने प्लान के बारे में बताता है और फिर जबरदस्ती केल ऐसी एक लेटर लिखवाने की कोशिश करता है की तभी रोते रोते केल उस पर अटैक करता है इतने में वहाँ एशले भी आ जाती है और टर्नर को मार वो केल को बचा लेते है। एशले और केल एक रूम में जाकर छुप जाते हैं एशले केल के हाथ पे खोलने लग जाती हैं। यहाँ पर केल एशले को टर्नर के प्लान के बारे में बताता है कि तभी टर्नर उनके रूम का दरवाजा तोड़ने लगता है उससे बचने के लिए वे दोनों पानी में कूद जाते हैं केल एशले को वहीं पर छोड़कर टर्नर के घर में अपनी मोम को बचाने के लिए चला जाता है और इससे केल के ट्रेकर का अलार्म ऑन हो जाता है और पुलिस को एक खबर मिल चुकी थी की केल सौ मीटर का फिक्स डिस्टेंस पार कर गया है लेकिन पुलिस ऑफिसर सोचता है कि इसका तो रोज का ये ड्रामा है और मस्त अपना बर्गर खाने लगता है उधर केल टर्नर के घर में घुसकर अपनी मोम को ढूंढने लगता है जहाँ उसे एक क्रोल स्पेस दिखता है तो वो उसके अंदर जाने लगता है लेकिन वहाँ इतनी जगह नहीं थी कि कोई इंसान उसमें घुस पाए केल उसे छोड़कर फिर से टर्नर के घर में अपनी मोम को ढूंढने लगता है ढूंढते ढूंढते एक दीवार पर उसका हाथ लगता है जो कि असल में एक छुपा हुआ दरवाजा था उस दरवाजे के खुलते ही केल को एक फ्रिज दिखता है जहाँ टर्नर किडनैप लड़कियों की लाशें रखता था उस रूम के पीछे केल को एक और छिपा हुआ बेसमेंट दिखता है जहाँ वो जाने लगता है पर तब तक पुलिस वहाँ पहुँच चुकी थी और वो टर्नर के घर से शोर सुनकर उसके घर में आ जाती हैं। इतने में पीछे से टर्नर आकर पुलिस वाले को मार गिराता है और केल को ढूंढने लगता है वहीं केल उस छिपे हुए बेसमेंट में जाते जाते गलती से पानी में गिर जाता है जहां उसे काफी सारी डेड बॉडीज मिलती हैं। लेकिन वो वहां से बाहर निकलकर कर वापस ऐसी अपनी मोम को ढूंढने लगता है और तभी उसे उसकी मोम एक रस्सी ऐसी बंधी हुई मिलती है केल उन रस्सी को खोलने लगता है की तभी टर्नर आता है और केल पर अटैक कर देता है केल की मोम अपने बेटे को बचाने के लिए वही रखा एक चाकू उसके पैर में मारती है और तभी केल वही रखा एक ग्रास कटर उसके पेट में मारकर उसे जान से मार देता है जिसके बाद केल और उसकी मोम घर से बाहर आते हैं अब कुछ दिनों बाद केल की मोम केल के ट्रैकर को निकाल देती है और उसको बोलती है की मुझे तुम पर प्राउड है अब केल पूरी तरह ऐसी खुश और आजाद था वही ऐशले केल का घर के बाहर खड़ी इंतजार कर रही थी केल घर से बाहर आता है और ऐशले को किस करता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है